स्वागत so, है दोस्तों आपका डॉइस पाक हिंदी के एक नए वीडियो में 2021 ट्वेंटी वन मर्सडीज एस क्लास को भारत में लॉन्च कर दिया गया है कंपनी ने इसकी कीमत 2 करोड़ 17 लाख रुपए रखी है 2021 ट्वेंटी वन मर्सडीज एस क्लास को एस फोर हंड्रेड और एस फोर फिफ्टी फोर में उतारा गया है जिनकी कीमत क्रमशः 2 करोड़ सत्रह लाख रूपए और दो करोड़ उन्नीस लाख रूपए एक्स शोरूम रखी गयी है ट्वेंटी ट्वेंटी वन मर्सडीज के डिजाइन की बात करे तो यह देखने में पुराने मॉडल जैसी ही लगती है लेकिन ध्यान ऐसी देखने आरोप इसमें किए गए बदलाव में आते हैं इसमें नया फ्रंट ग्रिल नया डिजाइन का बम्पर, क्रोम लाइन हेडलैम्प में नए डिजाइन के डी और इसके एलईडी हेडलैम्प गाइडलाइन को देखा जा सकता है साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें फ्लश डोर हैंडल्स दिए गए हैं जो कार के पास जाते ही बाहर निकलते हैं और जब जरूरत न हो तो अंदर चले जाते हैं यह कार के एरोडाइनेमिक क्षमता को भी बेहतर करते हैं मोर्डिस एस क्लास में बीस इंच के नए अलॉय व्हील्स लगाए गए हैं इसके आकार की बात करें तो यह पहले के मुकाबले थोड़ी बड़ी हो गयी है बता दें की भारत में इसका लॉन्ग व्हील बेस वेरियंट उतारा गया है जिसकी लंबाई पाँच मिलीमीटर mm, चौड़ाई एक मिलीमीटर ऊंचाई mm, 1,503 मिलीमीटर mm और व्हील बेस तीन मिलीमीटर mm का रखा गया है यह पहले के मुकाबले 34 मिलीमीटर mm लंबी 22 मिलीमीटर mm चौड़ी और 12 मिलीमीटर mm ऊंची हो गई है और इसका व्हील बेस इक्यावन मिलीमीटर mm ज्यादा हो गया है इसका ग्राउंड क्लियरेंस एक मिलीमीटर mm और बूथ स्पेस पाँच मिलीमीटर mm का दिया गया है नई ट्वेंटी मर्सिडीज एस क्लास के फीचर की बात करें तो इसमें दो अपोस्ट्री मशियातो बेज और सीएना ब्राउन नपा लेदर का विकल्प दिया गया है इस कार में 12.8 इंच का ओ टच स्क्रीन 12.3 इंच का डिजिटल एम आई डी सेकेंड जनरेशन एम वॉइस कंट्रोल फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन दूसरी पंक्ति पर वेंटिलेटेड सीट व मसाज फंक्शन सेंट्रल आर्मरेस्ट पर टैबलेट 64 कलर वाली एम्बियंट लाइटिंग और बर्मिस्टर फोर डी साउंड सिस्टम दिया गया है सुरक्षा के लिहाज ऐसी इस कार में ईवीडी के साथ एबीएस दस एयर फ्रंट व रियर पार्किंग सेंसर थ्री डिग्री कैमरा स्टेबिलिटी कंट्रोल इमरजेंट सी ब्रेक अस्से ट्रेक्शन कंट्रोल साइड कोलिजन मॉनिटरिंग और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स भी मिलते हैं नई 2021 मर्सिडीज़ एस क्लास के S450 वेरियंट को पेट्रोल और S400D को डीजल इंजन के साथ पेश किया गया है S450 में 3 लीटर 6 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो तीन सौ की पावर और पांच न्यूटन मीटर का टॉक प्रदान करता है वही एस फोर में तीन लीटर का डीजल इंजन मिलता है जो तीन सौ की पावर और सात न्यूटन मीटर का टॉक प्रदान है इसमें नाइन स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स दिया गया है तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ऑटो जगत से जुड़ी और भी ताजा जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बने रहे डॉइस हिंदी के साथ